हेलो गाइस तो कैसे हो आप सभी तो आप सभी को स्वागत है मिस्टर मोहनिश यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अनलिंक यूर इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रॉम फेसबुक तो वीडियो को फुल इंफॉर्मेटिव है फ्रेंड्स तो वीडियो को एंड तक दे तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो आपको सीधा फेसबुक में जाना है फ्रेंड्स यहाँ पर फेसबुक में जाने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट पर पे क्लिक करना है फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है फ्रेंड्स सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपका अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है फ्रेंड्स अकाउंट सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पर लिंक हो गया है फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहा हैं मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक हो गया है इसको भी मैं डी करके बता दूंगा फ्रेंड्स तो आपको सिंपली अकाउंट्स पर सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स आपको किसको फेसबुक uh, क्या इसको इंस्टाग्राम को रिमूव करना है उसे सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं तब तो मैं अभी इंस्टाग्राम को रिमूव करके बता दूंगा फ्रेंड्स तो वीडियो को एंड तक देख के यहाँ आपको रिमूव पे सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स रिमूव पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यू कान अ टेबल टू शेयर लॉग बिटवीन दिस अकाउंट एंड अकाउंट्स ट्वीन योर अकाउंट सेंटर फिर आपको यहाँ पर पोस्ट भी आप पोस्ट अपलोड करते हो ना फेसबुक में वो इंस्टाग्राम पे नहीं जाएगा इंस्टाग्राम का पोस्ट पोस्ट यहाँ और लिंक नहीं होगा तो इससे ऐसा होता है फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से कंटिन्यू कर, कर लेना फ्रेंड्स आपको ऊपर दिखाई देगा योर इंस्टाग्राम अकाउंट विल भी रिमोट फ्राम अकाउंट सेंटर ओके कंटिन्यू कर लिए और इसके बाद योर इंस्टाग्राम अकाउंट विल बी रिमोड फ्राम योर अकाउंट सेंटर तो आपको रिमो मिस्टर इस मेरा आपका आईडी डी का नाम दिखाई देंगे फ्रेंड्स उसको आप सेलेक्ट कर लेना है रिमूव इतना करने के बाद फ्रेंड्स अभी पूरी तरह से रिमूव हो चुका है फ्रेंड्स आपका अकाउंट यहां पर दिखाई देंगे फ्रेंड्स आपको यहां पर इंस्टाग्राम रिमू रिमूव हो चुका है फ्रेंड्स पूरी तरह से इंस्टाग्राम रिमूव हो चुका है टू इनेबल कनेक्टेड एक्सपीरियंस सेटअप योर अकाउंट फिर से आपको यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन दिखा दे रहा है ये तो रूम ही हो है, फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में इतने फ्रेंड्स तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जब तक जुड़े रहे ओके बाय टेक केयर